उम्मीद कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए आपकी जिंदगी में अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है अब वो कोई काम हो सकता है कोई इंसान हो सकता है कोई ख्वाहिश हो सकती है तो बस उससे जुड़े रहो उतार चढ़ाव आएंगे अच्छा बुरा वक्त भी आएगा लेकिन एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी बस हारना मत यार